हिंदी दिवस के बारे में दो बताना चाहती हूँ हिंदी दिवस हर वर्ष चौदह सितम्बर को मनाया जाता है आज का दिन हम सब के लिए गर्व का दिन है चौदह सितम्बर उन्नीस में हिंदी भाषा को राष्ट्र का दर्जा मिला हिंदी एक सरल भाषा है आज हिंदी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली जाना जाता है क्या जानते हैं भारत के सत्तर प्रतिशत ऐसी अधिक लोग हिंदी बोलते और समझते हैं हिंदी दिवस के बारे में जागरूकता और के प्रचार के लिए आज के दिन को हर साल हिंदी दिवस